एक्सरसाइज 8.4 में नंबर से एक बनाना है हमें या तो इसे चेंज कर लेंगे या इसे ठीक है तो हम पहले वाले को लेते हैं जो है क्वायर सिक्सटी थ्री साइन स्क्वायर सिक्सटी को लिख सकते हैं हम साइन 90 माइनस ट्वेंटी सेवन अभी तो ये साइन स्क्टी थ्री रहेगा लेकिन 90 से तोड़ रहे हैं तो कट हो जाएगा में चेंज कर प्लस साइन स्क्वायर ट्वेंटी सेवन को ऐसे ही लेर ऐसे लिखेंगे हम कोस 90 माइनस सेवेंटी प्लस कोस स्क्वायर 90 से तोड़ा है तो साइन कोस में चेंज हो जाएगा ये हो जाएगा कोस 27 प्लस साइन स्क्वायर ट्वेंटी नीचे कोस है तो साइन में चेंज हो जाएगा साइन स्क्वायर सेवेंटी प्लस cos सेवनटी थ्री अब फॉर्मूले की तरह है? इसे 27 को थीटा मान लो या एक्स मान लो या ए मान लो ये की बात है तो जाएगा हमारा cos कोसर डेटा प्लस स्क्वायर थीटा. प्लस, प्लस में आगे पीछे रख सकते हैं तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा कोच स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर टू वन अपॉउंट साइन स्क्वायर ए प्लस ए मान लो बी मान लो थीटा मान लो ये बात है ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर डेटा वन तो वन अपाउट वाली यह हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट